ही, ही, ही तेरे है तेरे दुख है मुझ पे ही ओ तो मेरा हक है इश्क मेरा बेशर्त तो है ओ मुझ पे ही ओ तो मेरा हक है सब कंट्रोल मेरा तेरे पीछे आना तू मिल ना या खो ना से मान आ ना तेरे, तेरे नाल तकदीर लिख मैं हो गया खास तेरे लिए मैं से मेंसठा सब कुछ खोके को खो ही पाऊला दिल पर